वेलकम टू बेबी टीवी अलिफ अलिफ से अनार आइए हम मिलकर पढ़ते हैं अलिफ अलिफ से अनार अलिफ अलिफ मद आलिफ मद आसे आम आइए जा हम मिलकर पढ़ते हैं अलिफ मद आलिफ मद से आम बे बे से बकरी आइए हम मिलकर पढ़ते हैं बे तो बे से बकरी पे, पे से पतंग आइए हम सब मिलकर पढ़ते है पे, पे से पतंग ते ते से ताला आइए हम मिलकर पढ़ते हैं, ते ते से ताला टे टे से टमाटर आइए हम मिलकर पढ़ते हैं, टे टे से टमाटर से से से समर आइए हम मिलकर पढ़ते हैं से से से समर जीम जीम से जहाज आइए हम मिलकर पढ़ते हैं जीम जीम से जहाज चे चे से चिड़िया आइए हम मिलकर पढ़ते हैं चे चे से चिड़िया हे हलवा आइए हम मिलकर पढ़ते हैं है से हलवा खे खैसे खरगोश आइए हम मिलकर पढ़ते है खे खैसे खरगोश दाल दाल से दरख आइए हम मिलकर पढ़ते हैं दाल दाल से दरख डाल से डुडोगी दुग आइए हम मिलकर पढ़ते हैं डाल डाल से डुबडोगी दुग जाल जाल से जखीरा आइए हम मिलकर पढ़ते हैं जाल जाल से जखीरा रे रे से रेलगाड़ी आइए हम मिलकर पढ़ते हैं रे रे से रेलगाड़ी रे रे, रे रे से पहाड़ आइए हम मिलकर पढ़ते हैं रे रे से पहाड़ जे जे से जेब्रा आइए हम मिलकर पढ़ते हैं जे जे से जेब्रा ये ये से या आइए हम मिलकर पढ़ते हैं ये ये से या लाबारी सीन सीन सेब से आइए मिलकर पढ़ते हैं सीन सीन से सेब शीन शीन से शेर आइए हम मिलकर पढ़ते हैं शीन शीन से शेर स्वाद स्वाद से साबुन आइए हम मिलकर पढ़ते हैं स्वाद स्वाद से साबुन स्वाद स्वाद से जईफ आइए हम मिलकर पढ़ते हैं स्वाद स्वाद से जरीफ तुए तुए से तोता आइए हम मिलकर पढ़ते हैं तुए तुए से तोता जुए, से जरीफ आइए हम मिलकर पढ़ते हैं जुए जुए से जरीफ ऐन ऐन से ऐनक, आइए हम मिलकर पढ़ते हैं ऐन ऐन से ऐनक से गुब्बारा आइये हम मिलकर पढ़ते है गीन गैन से गुब्बारा फे फे से फवारा आइये हम मिलकर पढ़ते है फे फे से फवारा कफ कौ से कैंची आइये हम मिलकर पढ़ते है कफ कौ से कैची काफ काफ से किताब आइए हम मिलके पढ़ते हैं काफ काफ से किताब गाफ, गाफ से गुड़िया आइए हम मिलके पढ़ते है गाफ, गाफ गुड़िया लाम लाम से लालटेन आइए हम मिलके पढ़ते हैं लाम लाम से लालटेन मीम म से मुर्गी आइए हम मिलकर पढ़ते हैं नीम मीम से मुर्गी नून नून से नारियल आइए हम मिलकर पढ़ते हैं नून नून से नारियल वाओ वो से वर्दी आइए हम मिलकर पढ़ते हैं वाओ वो से वर्दी हे हे से हाथी आइए हम मिलकर पढ़ते हैं हे हे से हाथी हम्सा हम्सा से गाय आइए हम मिलकर पढ़ते हैं हम्सा हम्सा से हमसा ये ये से यक्का आइए हम मिलकर पढ़ते हैं ये ये से यक्का थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल